हाँ अब हम बाबा बेजनाथ धाम आगर ज़िले के अंदर आगर से चार किलोमीटर दूरी पर बेजनाथ धाम स्थित है इस बेजनाथ धाम का शास्त्रों के अंदर बहुत बड़ा महत्व बताया गया है भगवान शंकर का वास बेजनाथ धाम में हमेशा रहता है अब हम बाबा बैजनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और सामने जो बेजनाथ मंदिर का शिखर हमें यहां से दिखाई दे रहा है इधर हम देखेंगे दूसरी तरफ तो ये दुकानें जो बेजनाथ धाम के परिसर में लगी हुई हैं ये दुकानें बताई जाएं इनको ये दुकानें बेजनाथ धाम के परिसर में लगाई हुई हैं यहाँ हरेक तरह की वस्तुएँ जो यहाँ यात्री आते हैं उनको उपलब्ध हो जाती है अब सामने हम देख रहे हैं कि बेजनाथ धाम महादेव मंदिर का एक कार्यालय है और इसमें लिखा है प्रबंध समिति आगर मालवा आगंतुक दर्शनार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती बाबा बेद